चलो ठीक है फिर डेकोर भाई मेरी शायरी सुनो के डेकोर भाई राज दिलों का वो अपनों में खोलती है और आप मुझे भाई बोलने की बात करते हो आपकी जी भी मुझे बाबू बोलती है